गाइस आपको विलेज ब्लॉक में स्वागत है आपको हमें सपोर्ट कीजिए गाइस आपको विलेज की नज़ारा देख रहे हैं आप ये, ये देखो हमारा जंगल पूरा ख़त्म हुआ है गाइस पूरा आगे देखो गाड़ी आ रहा है हम पूरा घूमने आए आपको विलेज दिखाने वाले हैं हम विलेज नहीं रोड रोड है गाइस ये अब देख रहे हैं गाड़ी आ रहा है, है, है, है, है उधर बालीपाड़ा से सीधा बालेपुंग रोड उधर पे गाइस इधर भी देखिए आप फिफ्टी टू दस 52 मिनट कर डालेंगे इसमें हम आपको सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन का जरूर लाइक कर देना गाइ ये हमारा फर्स्ट ब्लॉक से गा इस विलेज ब्लॉक और विलेज को लोग को सपोर्ट